रंग रूप बात ये गोरी रंग रूप बात ये गोरी बिजली अल चमकू कोई कुछ कह दिल तो को जालू ये चलती नही एक दिन चटक जाई तोरा जिंदगी के राह गोरी, बीच में अटक जाई तक तो रूप ब कबले लुका के रही एक दिन कहियो न कही सोजा हो करी लख बारू तो सुंदर इंद्र के परी पर हमने कतो सुंदर गुणवान धनवान बानी लेकिन कौनो ना को हमने का सीढ़िया पर पहुँच ली अब वो अंसे रे बोलिया कहे छोड़ी नई हर नोर जयू सजन के घोर छोड़ी नई हर नगोर जय सजन के घोर गोरी सजना के घर तोरा बल के घोरे तोरा जा के परी सजना के नगरिया बसा के परी बल के नगरिया बसा के परी नगर गै सजना के घोर भोरी नई हर हाँ नग जै सजना के घोर गो। गोरी सजन के घर तोरा बल के घर तोरा जा के परी जम के गरी बसा के परी सजन के नगरिया बसा कर दिन लाई गोरी सजन के डोली मुहाम से गोरी कली न बोली जहदी लयाई गोरी सजना कडोली मुहा गोरी तोरा निकली न बोली कितना रोबाबू बाबू बेजार कोई न लौकी तोहा कितना रो बाबू बेजार कोई न लौ की तोहार चुनरिया तोरा होली के चुनरिया तोरा जा के, के, के परी बल के नगरी बसा के परी सजन के नगरिया डोली में बिठाके ले जा मा तो के डोली में बिठाके मोह बिठाखी हटाके ले जा डोली में बिठाके देखे घूंगता हटा के नित नूहता हटा के कितनो करबू गोहार कोई न हो तोहार केतनों करबू गोहा को कोई न हो तोहार गोरी हाथ मल मलमल तोरा मल तोरा मल मल पाच के परी बलमा के निया बतावे के परी के तरिया बतावे के परी तुर्बर नजना के घो जय बलमा के घोरे गो, तोरा सजना के घोरे तोरा जय के पल बलमा के तो? के पल सजना के नरिया बता